पति लोग घर के बाहर जाते हैं तो ये पत्नियां बाहर मेटनी शो देखने चली जाती हैं। हाँ ठीक है ठीक है इससे पहले की वो लोग वापस आ जाए हाँ। अपने अपने हालत सुधार लो करेक्ट हाय डैडी। हाँ बेटी कहाँ थी टेरिसम्मी कि हाँ। मम्मी, मम्मी नौकरी पे गयी नौकरी डेडी हाँ। मम्मी आ रहा क्या वो भी नौकरी पे गयी तेरी आंटी मेरी अंजलि किधर है हाँ? आंटी भी नौकरी पे गयी कल ऐसी एकदम हम लोग बराबर करेंगे बहुत मेहरबानी है तुम लोग बस पकड़नी है रानी बेटी होमवर्क कर लिया तुमने होमवर्क भी हो गया डैडी भी आ गए बहुत गुस्से में आ, कब आया बस थोड़ी देर पहले लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो एक महीने की थी आ, दो दिन में किस... अरे ये क्या हो गया ये सब छोड़ो तुम नौकरी पे क्यों गई देखिए आप गुस्सा मत कीजिए मेरी बात सुनिए मैं मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा नौकरी करना मुझे पसंद नहीं फिर तुम नौकरी पे क्यों गयी मजबूरी थी मजबूरी का नाम लेकर बनाओ एक और झूठी कहानी झूठी कहानी मैं नहीं बना रही हूँ आपने बनाई है कंपनी की ट्रेनिंग और प्रमोशन का बहाना बनाकर आप हैदराबाद चले गए और यहाँ दूध वाला पाव वाला राशन वाला मकान वाला सब के सब अपना लेने के लिए हमारे गर्दन पे चढ़ गए गली गली में अपने लोगों से कर्ज ले रखे हैं अरे अपने ऑफिस के चबरा तक को नहीं छोड़ा आपने उसे भी पच्चीस हजार का खर्चा ले लिया आप जानते हैं घर आके कि उसने कितना बेजत किया और हमें बताया कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है हाथ में पैसा नहीं घर में पति नहीं चारों तरफ से परेशानियां ऐसी हालत में नौकरी पर नहीं जाते तो और क्या करते हम मैंने नौकरी आपकी इज्जत बचाने के लिए की है और अपना घर चलाने के लिए की है और बहुत मजबूरी में की है मैंने ये नौकरी मेरी नौकरी क्या चलेगी तुमने तो मुझे बिल्कुल न कर आदमी समझ लिया है और मर्द बनकर खुद पकड़ ली नौकरी ऐसा क्यों सोचते हैं आप अगर पति पे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती इसमें गलत क्या है गलत है सरा सर गलत है मैंने यही सोचा था की मेरी पत्नी कभी नौकरी नहीं करेगी और हमेशा घर की चार दीवार में रहेगी तो ये ख्याल आपको रखना चाहिए की आपकी नौकरी आपके हाथ ऐसी कभी ना जाए और आपके घर की दहलीज पे कभी कोई खर्चदार ना आए और आपके घर की कभी कोई बेजती ना कर पाए सारी गलतियाँ इसमें आपकी हैं अरे अरे तो की औरत अरे। तेरे को तो मैं है क्या बोली मेरी बात तो क्या तू तू, तू मैडम ने कितना नौकरी प्रबंधन की जाएगी और मैं घर में बैठ के बर्तन मान लूंगा ये क्या कर रहे हैं आप आज सवाल जवाब के में नहीं हूँ सिस्टर इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप कि का पता लगाऊंगा किस जानवर का खून है बड़ी आय मर्दांगी की बातें करने अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें अपू मेरे को मारती है इसको समझाना यार अंजलि दिस इज टू मच थ्री मच मगर मच मच मच मच अरे मर्दों को कई परेशानियाँ होती है इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको, रुको, रुको रुको अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी के लगाई हुई है हाँ, हाँ। उसकी वजह से हमारा घर में जंग बन हाँ। गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माची जला कर फेंक दो हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं आप मर्द लोगो ऐसी घर गृहसी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है।, तो है कोई है ना, इनको अक्ल वाली घास खिलाओ अगर हम लोग टेम पे नौकरी पर नहीं जाते तो तुम्हारे बच्चे लोग <keys earnmanage> <compliance> मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है मुंडी काट कर रखूंगा पेट काट करूंगा बच गई काट के फेंकोगे काटो काटो मैं भी देखती हूँ काटोट नौकरी तुम एक। सारा कर्जा चुका दो हम लोग नौकरी छोड़ देंगे ए, यू, यू, दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी क्या बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा करके दिखा दो महीने में ओहो पति को चैलेंज कर रही हो अच्छा एक लेना मध्य की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की ओला नहीं एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही तो हम भी भारतीय नारी नहीं mm. हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती है देख लेंगे हाँ हाँ देख लेना देख लेंगे क्या हम तुम्हें दिखा देंगे हम भी तुमको दिखा देंगे जाओ चैलेंज चैलेंज चैलेंज यस, yes. लिंच। hmm. <laughs> चलो। अंग <laughs> पे क्यों गिरती है मेरी नींद खराब हो रही है अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ पीछे से आ रहा है धक्का मैं क्या करूँ वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है कौन वो। अभी उसको सीधा करती हूँ मैं उसको लेडिस टच की जरूरत है <laughs> <laughs> जब से इन लोगो ने नौकरी पकड़ी है हमारा घर इनके लिए गेस्ट हाउस बन गया है आ, हाँ आती हैं खाती हैं और चली जाती हैं। डैडी, कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है थोड़ा पढ़ाओ ना मैथ्स बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ जब मम्मी आएगी ना तब पढ़ाएंगी डैडी मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं है बेटी ये तुमसे किसने कहा कि हमें कोई काम धंधा नहीं है मम्मी ने मम्मी ने हाँ अब बच्चों की नजरों में भी इज्जत का कचरा किया हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ इज्जत की वाट लगाई जा रही है दैड़ी, दैड़ी। तेरी चलते फिरते नंगे चल उधर जा हट जाता है यार फिर कर क्या करेगा बार-बार तू जल्दी तो सूख जाएगा अबे तेरा है के, भैंस के गोबर का ओपला तो सूख जाएगा हट अबे बेकार बेटा पानी मार चल अरे यार पढ़े लिखे इंसानों को क्या क्या काम करना पड़ रहा है यार झंडा में क्या हुआ बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है हाँ। अबे यार बच्चों को बहुत भूख लगी है भूख हाँ। लग रही है भूख लगी है बैठ। भूख लगी है हाँ, और काम ही क्या है इसको पहले लोडिंग फिर अनलोडिंग दूसरा कोई काम ही नहीं है चल, जा कपड़े में, चल। एक काम करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं होटल में खाना खिला के ले जेब में सिर्फ सौ रूपए बचे हैं अगर ये भी खाने पीने के लिए हो गए तो कल सुबह सिगरेट और माचिस के लिए बीजो के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा इसीलिए मैं कहता हूँ की क्या कहता है अरे खामोशी ऐसी दरवाजा बंद करके खाना पकाएंगे ऐसे बचाएंगे? यार। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम आज बहुत देर हो गई है हो हो हो, हम लोग को बहुत लेट हो गया है क्या कर रहे हैं डेडी डेडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं क्या बात है हमारी नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ये लोग इतने बदल गए अरे वाह उसमें ऐसा ही नहीं हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को चलो देखते यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अपू छोड़ यार अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया न हाँ। तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे अच्छा तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों ऐसी भी गए गुजरे है अच्छा तो चुपके छुप हमारी बात सुनी जा रही थी सुन लिया आप लोग ने तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो न वो मालूम पड़ गया मुंह मुंह बंद कर तोड़ तो दूंगा दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है हा? मगर मुंह से मिर्ची निकलती है मिर्ची ए, मैं दाल में मसाला डालू या काला ग्रीस डालू पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक ठीका हम लोग बस में जा रहे थे ने मुझे देख के आंख मारी उसको मैं ठीकने पे लाई ना इसीलिए हम लोग को देर हो गयी अच्छा इधर क्या अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर आरोप हाथ रख के कसम का क्या उसने सतमुज तेरे चेहरे हाँ, कमीने, पंद्रह साल पहले आँख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले पड़ती क्या बोला हाँ। और एक बात ध्यान से सुन लो हम मर्दों को औरतों से खिच खिच करने का टाइम नहीं है तुमसे ऐसी किचकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है हाँ। ये क्या है हाथ में हो? ये ये ये चावल, हाँ। ये चावल चावल चावल है ये कौन की है ये है। नहीं नहीं आदमी खाएगा तो पेट पे जाएगी। और ये क्या है ये <laughs> सब्जी बनाने का तेल <laughs> मिस्टर ये तेल नहीं है कैस्ट्रोयल है एरेंडी का तेल इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे चलोगे <laughs> ये तो हंड्रेड परसेंट नमक होगा गारंटी के साथ हंड्रेड परसेंट नमक चूहे मारने का सफेद हाँ। पाउडर है हाँ। खाओगे ना तो हाँ। सीधे ऊपर मारेगा क्या खा तो सुनो औरतों का काम औरतों को करने दो हाँ मर्दों के बस का रोग नहीं है ये समझे